मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनांक उन्नीस नवंबर के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है इसके साथ साथ हमारे जो दो भाग्यशाली विजेता हैं उनके भी नाम की घोषणा आज हम अपने इस प्रोग्राम में करेंगे और आगे बढ़ेंगे दर्शकों उसके साथ साथ आपको बताना चाहते हैं कि मंगलवार दिन अपने अंदर आप लोग आत्मविश्वास कैसे लाएं? वो ऐसा कौन सा उपाय है कि यदि जिसको आप कर लेते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल लूज है वो लूज ना हो करके पराक्रम का स्तर आपके शरीर में बढ़ेगा तो अंत तक बने रहिएगा दर्शकों और यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी हमारे भाग्यशाली विजेता हों कि नेक्स्ट डे के राशिफल में आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको उपाय बताएँ तो आपको करना ये होगा कि हमारे इस कार्यक्रम को आपको लाइक करना होगा दूसरा आपको कमेंट में अपना नाम अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अपना बर्थ टाइम और अपना बर्थ प्लेस ये तीन चीज़ें आपको लिखनी है और साथ ही साथ आपको क्या समस्या आपके जीवन में आ रही है इस चीज़ का भी वर्णन करना है तभी हम आपको इसके रिगार्डिंग उपाय दे पाएंगे तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं आज के पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं क्योंकि ये पंचांग लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके बनाया गया है तो देखिए दर्शकों मार्गशीर्षमा चल रहा है कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी विक्रम संवत दो हजार छिहत्तर सब दिन मंगलवार रहेगा सूर्योदय होगा प्रातः छह बजकर पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच पर नक्षत्र रहेगा अश्लेषा इसके उपरांत मघा नक्षत्र रहेगा करण रहेगा ये रहेगा वब इसके उपरांत बालव अंतिम करण रहेगा कौलव योग रहेगा ब्रह्म इसके उपरांत इंद्र रहेगा मंगलवार दिन रहेगा चंद्रदेव चलायमान रहेंगे रात्रि में तेईस मिनट तक तो कर्क राशि में चलायमान रहेंगे तद ये सिंह राशि में चले आएंगे सूर्यदेव अपने जो है सेनापति के घर अर्थात मंगल के घर में संचरण कर रहे हैं दर्शकों मंगलवार दिन रहेगा और दिशा सूर्य तो दिशा उत्तर दिशा की ओर रहता है तो कोशिश कीजिएगा कि आज उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचिएगा यदि करना पड़ जाए तो आपको घर से निकलने से पूर्व पहले गुड़ का सेवन करना है जल का सेवन करना है और पहले दक्षिण दिशा की ओर चार पग चलिए तद उपरांत आप उत्तर दिशा की ओर यात्रा करिए इसके साथ साथ दर्शकों जो सप्तमी तिथि है सप्तमी तिथि के बारे में हमने आपको बताया था कि सप्तमी तिथि को जो है ताड़ का सेवन नहीं करना चाहिए और अष्टमी तिथि को नारियल नहीं खाना चाहिए यदि आप अष्टमी तिथि को नारियल खाते हैं तो आपके बुद्ध का नाश होता है बुद्धि कम होगी ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है शुभ समय पर आ जाते हैं आज यदि आप कोई शुभ काम करने जा रहे हैं तो इन समयों पर करेंगे जो हम बताएंगे तो आपके सभी काम बनेंगे तो शुभ समय रहेगा आज शाम को सात बजकर इक्यावन मिनट से लेकर के नौ बजकर तेईस मिनट तक का और दर्शकों अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह ग्यारह बजकर तीस मिनट से लेकर बारह बजकर तेरा मिनट तक कर. राहु काल की बात करें तो मंगलवार का का राहु काल होता है दोपहर मिनट मिनट से मिन तक क्या है, कहते का है. तो हैं तो सितारे कहते हैं कि आज के दिन ग्रह क्लेश के कारण वातावरण आपके घर में थोड़ा सा कलुषित होने की संभावना अधिक है भाई बंधु बैर भाव आज आपसे रखेंगे परिवार के अन्य सदस्य भी आज आपका पक्ष लेने से बचेंगे जमीन जायदाद संबंधी कार्य जल्दबाजी अथवा भावुकता में आकर के ना करें इसी में आपकी भलाई रहेगी आज कार्य क्षेत्र पर व्यवसाय में सुधार आने से थोड़ी सी राहत आपको मिलेगी नौकरी पेशा वर्ग आज पर्यटन के मूड में रहेंगे अर्थात कहीं घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें भी रहने से थोड़ी सी कार्यों में शिथिलता आएगी अधिकारी वर्ग से आज किसी के किसी कारण मेष राशि के जातकों की बहस हो सकती है आज आपके पास पड़ोसियों से संबंध भी बेहतर नहीं रहेंगे यथा संभव लंबी दूरी की यात्रा टालिए चोरी की कोई दुर्घटना आपके साथ आज हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पाँच वृषभ राशि पर आगे बढ़े लेकिन उससे पहले दर्शकों हमने बताया कि यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कमजोर है आप पराक्रम आपके अंदर नहीं या किसी का आप सामना नहीं कर पाते हैं तो उपाय क्या करना है तो देखिए दर्शकों कॉन्फिडेंस के लिए जो है सबसे पहली चीज़ की आपके मंगल और सूर्य का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है सूर्य आपकी आत्मा है सूर्य आपके अंदर आत्मविश्वास आप है वहीं मंगल जो होते हैं ये नेतृत्व की क्षमता देते हैं आ, ये जो मंगल हैं ये आपके अंदर आपका जो है आत्मविश्वास बढ़ाते हैं तो उपाय क्या करना रहेगा देखिए आत्मविश्वास की कमी आपके अंदर आ रही है तो सबसे पहले तो आप सुबह जल्दी उठ जाइए और उगते सूर्य के आप लोग दर्शन करिए दूसरा दर्शक को उपाय क्या करना रहेगा हनुमान अष्टक का आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा तो हनुमान अष्टक को अपने घर में हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जला लीजिए और थोड़ा सा लाउड वे में पढ़िए बाल समय रवि भक् छ लियो तब तीन उलोक भय अंधियारो तो ये जो है हनुमान अष्टक का इसी को आपको पढ़ना रहेगा और यकीन मानिए दर्शकों यदि आप ये पढ़ते हैं तो एक महीने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा ये पीक पर रहेगा अभी आप अपने हीमोग्लोबिन की जाँच करवा लीजिएगा और इसको पढ़ने के एक महीने बाद करवाएंगे आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ा हुआ होगा ये बिल्कुल जाचा परखा उपाय वृषभ राशि की ओर चलते हैं वृषभ राशि के जात को आज का दिन आपको पुराने परिश्रम का फल देगा व्यवहारिकता से बनाए गए संबंधों से आज लाभ की संभावनाएं बढ़ेगी व्यवसाय से भी आज मध्याहन तक आवश्यकतानुसार लाभ अर्जित कर लेंगे आज नए कार्यों में निवेश ना करें अन्यथा रुकावट आ सकती है घरेलू कार्यों में व्यस्तता रहेगी जो है सुख के साधनों की वस्तुओं पर आज आपका धन अधिक खर्च होगा आज आ, किसी शादी ब्याह में किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ सकता है बजट असंतुलित होता हुआ वृषभ राशि के जातकों का दिखाई पड़ रहा है वाड़ी एवं व्यवहार की मधुरता किसी को भी आज आसानी से प्रभावित करेगी धार्मिक क्षेत्र की यात्रा होगी दान पुण्य के अवसर मिलेंगे सेहत समान रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि मसूर की दाल का जो है दान आपको धर्म स्थान को देना रहेगा या किसी गाय को आप खिला सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा आज व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः मिथुन राशि चैमिनी और दर्शकों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारा वार्षिक राशिफल भी सभी राशियों का पढ़ गया है आप लोग हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है आप लोग जा करके देख सकते हैं और लाभ ले सकते हैं इसके अलावा सत्ताईस अट्ठाइस उन्तीस तारीख को दिल्ली आगमन हो रहा है तो जो भी दर्शक दिल्ली से हैं आप लोग अगर अपनी मिल करके कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो दिखवा सकते हैं मिथुन राशि के जात को आज के दिन का पूर्वार्थ कुछ खास नहीं रहेगा दैनिक कार्य समान गति से आज चलते रहेंगे कार्य क्षेत्र पर विलंब के कारण आज आपके व्यवसाय की गति धीमी होती हुई दिख रही है अधूरे कार्य आज भी लटके रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है मध्यान्ह के बाद का समय आज आपके कार्यों से मन भटकाता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आप स्वयं को छोड़ इधर उधर की बातों में ज़्यादा रुचि लेंगे लेकिन किसी को बिना मांगे आज सलाह ना दे अन्यथा आज आपके सम्मान में कमी आ सकती है दो पक्षों में यदि सुलह कराने की भी आज आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है तो आप उससे हट जाइए अन्यथा आपके ऊपर ही जो है क्या कहते हैं आरोप प्रत्यारोप लगेगा विरोधी वर्ग कुल मिलाकर के आज आज आप से शांत रहेंगे धन लाभ भी आज चाह कर भी अनुकूल तो का जगमाही जो नहीं हो पाही, आपको संफुट लगाना रहेगा और इसके बाद आप सुंदर कांड का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन कर्क राशि के जात को आज आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं शीघ्र फलीभूत होंगी सभी महत्वपूर्ण कार्य आज से पूर्ण होने की संभावना अधिक रहेगी कार्य व्यवस्था के कारण घरेलू कार्यों की अनदेखी परिवार के कलेश का कारण बन सकती है आज धन लाभ होने से मन में आत्मसंतुष्टि बहुत ज़्यादा रहेगी आज आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा धर्म कर्म में विश्वास रहने पर भी आज आप समय नहीं दे पाएंगे आज आपका मन तंत्र मंत्र आध्यात्म की ओर ज्यादा रहेगा इन कार्यों में आज अधिक रुचि लेंगे आज आप सभी को सा करके चलेंगे आज आपके घर में मान सम्मान आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है घर के बुजुर्ग एवं उच्च अधिकारी वर्ग से सावधान रहिएगा अन्यथा इनके कोप का भाजन आज, आज आपको बनना पड़ सकता है मतभेद के चलते गर्मा गर्मी हो सकती है धन लाभ आज आपके आवश्यकता आप अनुसार हो जाएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन बजरंग बाढ़ का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा अंक दो अगली राशि आती सिंह राशि लेकिन सिंह राशि पर आगे बढ़े उससे पहले जो हमारे भाग्यशाली विजेता हैं इन पर हम जो है नज़र डाल लेते हैं तो जो हमारे आज के परम भाग्यशाली विजेता हैं इनका नाम है महेश पाटीदार महेश पाटीदार जी राजस्थान से हैं इनका जो डेट ऑफ बर्थ 10-5-1992 शाम को 5 बजे का जन्म है इनका प्रश्न है कैरियर से रिलेटेड और विवाह से रिलेटेड तो देखिए महेश जी आपकी कुंडली जो बनती है ये तुला लग्न की कुंडली है और आपकी जो राशि बनती है सिंह राशि बनते हैं लग्न के मालिक जो है शुक्र बनते हैं जो कि सप्तम स्थान पर आरूढ़ हो गए हैं साथ ही साथ सूर्य यहाँ पर उच्च के हो गए हैं और बुद्ध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग दूसरा जो है सूर्य बुद्ध का आदित्य योग भी बन रहा है आपने विवाह की बात पूछी तो विवाह आपका जो है आ, नवंबर 2020 के बाद से कोई ना कोई रिश्ता आपका चलेगा दूसरा आपने सरकारी नौकरी के बारे में भी हमसे प्रश्न पूछा है तो जो नौकरी के कार्य ग्रह बनते हैं ये चंद्रमा बनते हैं गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग बन रहा है किसी प्रशासनिक सेवा में आप जा सकते हैं लेकिन ये एक चीज़ याद रखिएगा कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम रहेगी ये एक से अधिक रहेगी अन्य मदों से भी आपके पैसे आएंगे आप नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम कोई बिजनेस भी कर सकते हैं उपाय के तौर पर करिएगा क्या तो डेली सुंदरकांड का आप लोग पाठ करिए राहू और केतु के का आप यथासंभव जाप करेंगे तो आपके लिए स्थितियां अनुकूल होती हुई दिखाई पड़ेगी तो दर्शकों हमारी जो अगली राशि आती है ये सिंह राशि आती है सिंह राशि के जातकों आज आपका दिन प्रतिकूल रहेगा जिस भी कार्य को करने का आज आप प्रयास करेंगे उसमें ही विलम्ब के साथ कुछ ना कुछ कमी रहेगी सहकर्मी भी आज आपके ऊपर छीटाकसी करेंगे जिससे आज माहौल गर्मा गर्मी भरा रहेगा आज आपकी विचारधारा किसी से भी मेल नहीं खाएगी शाम तक कि आज आपका समय ठीक होगा धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है घर में भी भाई बंधुओं से वैचारिक मतभेद के चलते जो कला चली आ रही थी ये खत्म होती हुई शाम तक दिखाई पड़ रही है कोई मुकदमे का आज आपके पक्ष में आ रहा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा आदित्य हृदय स्रोत का सूर्यदेव के समक्ष बैठ करके तीन बार पाठ करिएगा और हनुमान गायत्री मंत्र का इक्कीस बार आप उच्चारण करिए शुभ कलर ही आपके लिए रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा रहेगा पांच कन्या राशि तो कन्या राशि के जातकों आज का दिन अधिकांश समय आपका शांति से व्यतीत होगा परंतु बीच बीच में पारिवारिक उलझनें परेशान करेंगी व्यवसाय में परिश्रम का फल आज विलंब से मिलेगा धन लाभ के लिए आज अधिक इंतजार आपको करना पड़ेगा सहकर्मियों से नम्रता से व्यवहार करें अन्यथा सारा कार्य आज आपको खुद ही करना पड़ेगा आज आपके व्यवहार में परिवर्तन आने से लोग आश्चर्य करेंगे सामाजिक क्षेत्र से आय के नवीन साधन बनेंगे आज उच्चाधिकारी आपको शाम तक की मान सम्मान देंगे लाभजनक स्थिति शाम तक बनेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए कोशिश कीजिएगा कि आज यथासंभव यात्राओं को टालिए दूसरा आज आपको करना ये रहेगा कि गणपतिथर्म शीर्ष का आप लोग पाठ करिए और हनुमान जी के चरणों से उनके जो है जो सिंदूर लगा रहता है उसको निकालिए और अपने मस्तक पर तिलक लगाई क्योंकि आज आपको नजर भी लग सकती है शुभ कलर आपके ही लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन हमारी अगली राशि आती है ये आती है लिपरा अर्थात तुला राशि देखिए आप लोग नाम राशि से मत देखिएगा कि रारी रू रे रो ताती तूते तुला हो गई नहीं ये राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस भी घर में होगा वो आपकी राशि होती है तो तुला राशि के जातकों आज जा आपका दिन सुख फलदायी रहेगा कुछ दिनों से मन में चली आ रही योजनाएं आज फलीभूत हो सकती हैं आज आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा धन लाभ के कई अच्छे अवसर आज, आज आपको मिलेंगे आज सफलता आपको बहुत ही कम समय में प्राप्त होगी बहुत अधिक भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा नौकरी पेशा जातक कार्यों के प्रति अधिक समर्पित रहने पर भी कुछ ना कुछ कमी का अनुभव करेंगे सामाजिक जीवन पहले की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर रहेगा मित्र स्वजनों के साथ आज यात्रा और प्रवास की योजनाएँ बनेगी दांपत्य जीवन भी आज बेहतर रहेगा आज के दिन आपको उपाय क्या करना रहेगा देखिए उपाय के तौर पर कोशिश ये करिएगा कि आप लोग आज बंदरों को गुड़ और चना डालिए या गुड़ और चना नहीं है तो किसी गाय को लाल गाय हो तो गेहूँ और गुड़ तो आप लोग जरूर खिलाइए यकीन मानिए आपका मंगल बहुत स्ट्रांग होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक राशि तो वृश्चिक राशि के जातको आज आपका दिन मिश्रित फलदायक रहेगा दिन के आरंभिक भाग में जो क्या कहते हैं स्थिति रहेगी धन को लेकर के वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी जिस कार्य को करने में सोचेंगे उसमें किसी दूसरे पक्ष के हस्तक्षेप से बाधा आएगी आज आपका जो है दुर्घटना होने का योग बन रहा है तो वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर के भी आज आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे घर परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है धन लाभ से होने वाले कार्यों में जो रुके कार्य हैं उनमें गति आएगी लेकिन धन आज, आज आपको नहीं मिलेगा नौकरी पेशा जातकों पर उच्चाधिकारी आज शाम तक की जो है कुछ ना कुछ मेहरबानी करेंगे अधिक विश्वास करेंगे सरकारी कार्यों में भी सफलता की संभावना बढ़ने से प्रसन्नता रहेगी घरेलू वातावरण में भी आज आपके सुधार आता हुआ दिखाई पड़ रहा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा कि हनुमान अष्टक का आप लोग तीन बार पाठ करिए थोड़ा सा तुलसी पत्र और गंगा जल का आज आप लोग सेवन करके घर से निकलिएगा सब कुछ शुभ होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ सर्जिटेरियस धनु राशि इसके बाद हमारे जो दूसरे भाग्यशाली विजेता हैं उनके नाम की घोषणा करेंगे तो धनु राशि के जातक को आज के दिन आपको अधूरे कार्य पूर्ण करने की जल्दबाजी जो है जल्दी रहेगी जल्दबाजी में आज आपके कुछ कार्य बिगड़ भी सकते हैं इसका ध्यान आज, आज आपको रखना पड़ेगा कार्य पर अपनी गलती का गुस्सा अन्य व्यक्ति के ऊपर धनुराशि के जातक आज निकालेंगे आज किसी दूसरे व्यक्ति से आपके लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बहुत अधिक हैं धन लाभ की कामना संध्या के समय आज आपकी होगी लेकिन आशा से से कुछ कम ही धन आज आज आपको प्राप्त होगा नौकरी पैसा जातक आवश्यक कार्य लंबे का मन बना सकते हैं हैं धार्मिक कार्यों में भी आज आप लोग विशेष रुचि लेते हुए दिखाई पड़ रहे पारिवारिक वातावरण मध्यम रहेगा अविवाहितों के लिए विवाह का कोई रिश्ता आ सकता है और ये रिश्ता विवाह में पर भी हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि आप लोग बरगद के वृक्ष पर जल में शहद डालकर के जो है अर्पण करिए ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाएं होम फट इसकी एक माला का आप लोग जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ग्रे कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक एक तो हमारे जो दूसरे भाग्यशाली विजेता हैं इनका जो नाम है ज्योति शर्मा जी हमारी अगली भाग्यशाली विजेता हैं इनके द्वारा जो बताई गई डिटेल्स है इनके बेटे की बेसिकली ये डिटेल्स है और विवाह से संबंधित इनका प्रश्न है इनके बेटे की जो डेट ऑफ बर्थ है ये 3 जुलाई उन्नीस है और शाम को अट्ठारह बजकर बीस मिनट अर्थात छः बजकर बीस मिनट दिल्ली का जन्म है इनकी जो कुंडली तैयार हो रही है ये धनु लग्न की कुंडली है और इनकी राशि जो बनती है ये तुला लिब्रा राशि बनती है इनका जो प्रश्न है विवाह से संबंधित देखिए ज्योतिष जी जो यहाँ पर जो है सेवेंथ हाउस के लॉर्ड बनते हैं स्वयं के घर में विराजमान हुए हैं और इनकी कुंडली में भद्र महापुरुष नामक योग भी बन रहा है दूसरा जो विवाह से रिलेटेड प्रश्न है तो अभी बुद्ध में केतु का अंतर चल रहा है दो दिसंबर 2020 के बाद से कोई ऐसा रिश्ता आएगा कि जब इनका विवाह तय होगा दूसरा बताना चाहेंगे कि इनके विवाह को लेकर भी कई सारी बाधाएं आएंगी बाधाएं किस प्रकार की इनकी कुंडली में दो भारिया योग बन रहा है दूसरा कि ये आ, क्या कहते हैं इनकी पत्नी के साथ इनके वैचारिक संबंध जो है अच्छे नहीं रहेंगे बात बात बार पति पत्नी में मतभेद रहेगा गुस्सा इनके नाक पर बैठा रहता है तो थोड़ा सा अपने बच्चे को आप कहिएगा कि क्रोध कम करें उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो शनिवार वाले दिन और बुधवार वाले दिन कुत्तों को पार्ले जी बिस्किट डाल दें कोई भी बिस्किट डाल दें हम यहाँ किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहे हैं तो बिस्किट डालना अभी से स्टार्ट कर दें शुक्रवार वाले दिन सूखा नारियल साथ शुक्रवार ले जा कर के शिवलिंग पर इनको चढ़ाना है और वहाँ पर शीघ्र विवाह की कामना करनी रहेगी एक अन्य उपाय बता रहे हैं एक ओपेल अगर आप चाहें तो इनको धारण करा सकती हैं सात कैरेट का ओपेल धारण कराइए राइट हैंड की मिडिल फिंगर में ये बीच वाली उंगली में इनको ओपेल धारण कराना है चांदी में बनवा करके आप करवाइएगा शुक्रवार के दिन करवाइएगा इससे भी इनका विवाह बहुत ही जल्दी हो सकता है तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये जो है उपाय पसंद आया होगा इसी बात पर हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए आप भी दर्शकों अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं बहुत कुछ अधिक परिश्रम नहीं करना इस चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइए इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अपना नाम अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम बर्थ प्लेस और आपका जो क्वेश्चन है उसको कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए नेक्स्ट डे के राशिफल में हो सकता है कि आपका भी नाम हमारे भाग्यशाली विजेताओं की श्रेणी में आए चलते हैं मकर राशि की ओर तो मकर राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा सेहत एवं व्यापार दोनों ही आज उत्तम रहेंगे कई विक्रय के व्यवसाय आज आपके जो है शेयर और सट्टे में निवेश से धन लाभ होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अन्य व्यवसाय में भी आज नए अनुबंध मिलने की संभावना रहेगी परंतु नए व्यवसाय का आरंभ अभी न करें व्यवसाय के यात्रा लाभदायक रहेगी साथ ही धन की उगाही भी आज आप लोग कर पाएंगे नौकरी पेशा जातकों की कार्यक्षेत्र पर सामान्य दिनचर्या रहेगी धार्मिक कृतियों विशेषकर टोने टुटकों में आज आप लोग बहुत अधिक विश्वास करेंगे पारिवारिक जीवन में खुशियाँ बढ़ेंगी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है आज जो भी आपके खिलाफ बनाएंगे उसमें असफल रहेंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि सुबह जल्दी उठिए और सूर्य देव को अर्घ देने के बाद आतिथ्य स्त्रो का पाठ कीजिए कीजिए्येत्र पर निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ और तुलसी दल खा करके निकलिएगा आपका पूरा दिन शुभ जाएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ब्राउन कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार एक्वायर्स कुंभ राशि तो कुंभ राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए आशा से अधिक फायदेमंद रहेगा घर एवं बाहर आश्चर्यजनक घटनाएं घटित होंगी आज आप जहां जो है हानि की संभावनाएं रखेंगे वहीं से आज, आज आपको लाभ मिलेगा अनएक्सपेक्टेड लाभ आज, आज आपको मिलेगा कार्य क्षेत्र पर आरंभ में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है लेकिन बाद में स्थिति अनुकूल बने बनने लगेगी कई साधनों से एक साथ धन लाभ होगा विरोधी भी आज आपकी कार्यकुशलता की प्रशंसा करेंगे सामाजिक क्षेत्र पर मान सम्मान आज बढ़ेगा आज गृहस्थ जीवन जो है थोड़ा सा आपका हतोत्साहित रहने वाला है जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े मारपीट तक की आज नौबत आ सकती है तो इससे आज, आज आपको बचना रहेगा सेहत की अनदेखी करना कुंभ राशि के जातकों को आज भारी पड़ सकता है उपाय क्या करना रहेगा तो आज कोशिश कीजिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए या हनुमान बाहू का पाठ करिए प्रातःकाल जल्दी उठ करके तुलसी दल का आपको सेवन करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि मीन राशि की जात को आज आपका दिन मिला जुला फल देने वाला रहेगा प्रातःकाल से ही किसी कार्य को करने में किसी के सहयोग की आवश्यकता पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है आज जो सहयोग मिलेगा वह भी पर्याप्त नहीं रहेगा बाहर की अपेक्षा घर के, के लोग भी असहायता के लिए आपके आगे आएंगे फिर भी अन्य कार्यों की ओर अगर ध्यान दें तो यहाँ पर आज, आज आपको जो है धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है नौकरी पेशा जातकों को अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे परंतु अनैतिक कार्यों में ना पढ़ें तो बेहतर रहेगा आज आपका जो है ध्यान जो है क्या कहते हैं अपने कार्य क्षेत्र की और बहुत ही ज़्यादा रहेगा अधिकारी आपके प्रति बड़ा ही सम्मान का भाव रखेंगे आज प्रातः काल से भागदौड़ भरी दिनचर्या आपकी रहेगी आज कोई बहुत बड़ा अधिकारी यदि आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो आपके यहाँ पर जो है चेक करने आ सकता है गृहस्थ में आज आपसी तालमेल बना रहेगा महिलाएँ आज अधिक सहयोग हो, सिद्ध होंगी लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है बच्चे को स्वास्थ्य के लेकर के कुछ मानसिक चिंतन आपको रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज गजेंद्र मोच का आप लोग पाठ करिए और केसर का सेवन आज आपको करना रहेगा हनुमान जी को आज कोशिश कीजिएगा कि गुलाब के फूल की माला अर्पित करिए और हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ जरूर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा स्काई ब्लू कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक पाँच तो कैसा लगा दर्शकों हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए पुनः आप लोगों से निवेदन है नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए और दिल्ली में 27 28 29 तीन दिन इस बार आ रहे हैं तो जो भी हमारे सम्मानित दर्शक दिल्ली से हैं हमसे मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार